संजिती जी सीटे गीत मेरा चले तेरी हाथ फीडे मेरे गीतों से शरा नहीं शराफ़ नचते भर की जाते नहीं गलास गद्दे बहुत भर के दिन जो मैंने साज़ सुनते साज़ यहाँ विचारने तेरी आवाज़ सुनते राज़ भी नहीं मेरा मुँह दिख रहा है तेरे मां के तेरे तारक दिल के